मैं और रुपेश आज एक बहुत ही मस्त जगह पे आए मुंबई में फर्स्ट टाइम इस टाइप की कोई चीज आई है तो क्या बोलता है रुपेश कैसा लगा तुम्हें बहुत बहुत मतलब पहले अलीबाग हम जाते थे नाम बोलते वो ये सब बोर्ड रहती थी यहाँ पे जो नॉर्मल मछुआरे वाले की बोर्ड कैसी रहती है ये बोर्ड रहती थी तो ये एक बेसिक बोर्ड रहती थी वैसे तो ये बोर्ड से गए क्या कभी अलीबाग ये बोट ना देर में पहुँचाती है और दो दो घंटा ये तो समझ लीजिए एक और आधा घंटा लेती है अभी हम दो वोट के अंदर है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप ये देखिए एक क्रूज शीप है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते उस बोट के अंदर गाड़ी नहीं लेके आ सकते तो इस बोट में आपको ये एक फैसिलिटी है कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो फूड व्हीलर आप लेके जा सकते हो अलीबाग तक जो कि मुंबई से है 120 किलोमीटर एंड प्लस ये एक क्रूज है मतलब क्रूज समझते हो आप एकदम लग्जूरियस बोट तो चलो ये बोर्ड का एक छोटा सी टूर दे देता हूँ मैं आपको राइट ना हम ये खैरी के अंदर जा रहे हैं एंड ये मेरी बाइक है हमने बाइक की भी टिकट ले ली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री की जो टिकट है थ्री हंड्रेड रुपीज़ है पर पर्सन एंड एक्स्ट्रा बाइक का 200 सौ और अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो उसके बहुत अलग अलग वेरिएंट हैं मैं बता दूंगा उसके अंदर भैया वी को अमेजिंग अमेजिंग यहाँ पर लगता है चेकिंग है ओके okay, तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई है जैसे अगर बहुत सारी बाइक आ जाएगी तो सही से मैनेज करने के लिए वहाँ पे पब्लिक थी। ओह ओह माय गॉड, थे ओ oh oh बोर्डिंग पास ओके अमेजिंग एक नंबर क्या है यार ये अब मुझे ये नहीं पता है कि बाइक के अंदर कहाँ पे खड़ी रहेगी कैसे जाएगी शिप चालू हो चुकी है वो गेट बंद हो रहा है वो गेट से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अंदर आती है बाइक्स नीचे रहती है गाड़ियाँ बीच में रहती है एंड एंड जो पब्लिक है ये जो साइड के ब्रिज है वहाँ से चढ़ के आपको तो जर जाना है पे जा सकते हो यहाँ पे आना यहाँ पे आ सकते हो ऊपर जाना है ऊपर जा सकते हो अंदर एक अंदर एक लग्जरी लाउंड है तो वहाँ पर भी जा सकते हो कि कि अभी आपको मेरी आवाज़ आवाज़ नहीं आ आ रही रही होगी इंजन इंजन एकदम से से इस तरह ऐसा लग रहा है है है। तो यहाँ पे जो मैंने साउंड है ये म्यूट कर दिया है है इंजन आवाज़ कि आपको मेरी कोई आवाज नहीं आती कि आपको एक मिड अपर फ्लोर तक यहाँ पे ये देखिये ये पूरी गाड़िया यहाँ पे खड़ी होती है एंड सामने एक नेहरू सा पैसेज है जहाँ पे आप समुद्र की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं और अच्छे नजारे देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेस आ जाता है यहाँ पे आपको ये अपर डेक तक लेके जाएगा अपर डेक एक बहुत ही बड़ा डेक है जहाँ पे बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट है ये देखिए सामने जिस तरह की सीट है ये अपना सामने टकरा रूपेश बाजू में डस्टबिन जहाँ पे आप साफ सफाई का प्लीज ध्यान रखिएगा तो चलिए अब चलते हैं इसके लक्जरी लॉन्च के अंदर जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है जैसे आप इसके अंदर एंटर करते हो तो ये फुल्ली एयर कंडीशन है तो जो बाहर की हीट है उसको बीट करने के लिए सबसे बेस्ट है ये लाउन जो है एम टू तो का और ये लाउन की जो तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर बाहर गर्मी है तो यहाँ पे फुल एयर कंडीशन है आराम से आके बैठ सकते हो अच्छी करते वाली अच्छी गे वाली सीट है एकदम गर्दी है और एक चीज़ बहुत अच्छा है ये ऑलमोस्ट एक तरह से साउंड प्रूफ है भी तो बाहर का जो तो इंजन का साउंड है वो नहीं आएगा और यहाँ पे खाना जैसे कि मैंने आपको बता दिया है इट्स वाइट कॉस्टली सबसे बेस्ट चीज़ है ना तो वो ये कॉक है बाहर भी चार्ज की नहीं थी यहाँ पर भी चार्ज की है डाइट के ज़्यादा अच्छा है तो अगर कभी आप आओ तो ये 40 रुपये की चाय लेने से अच्छा है ये 40 रुपये का कोका डा ज़्यादा चाय नहीं है कॉफ़ी है ये। <laughs> तो क्या आप पब्लिक कैमरे में टेस्ट करके देखिए कॉफ़ी दे <laughs> तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे वॉशरूम कैसा है जैसे आप लॉन्च के अंदर एंटर करोगे तो राइट साइड के अंदर ही वाशरूम है और ये पूरा हाइजीनिक पूरा क्लीन है जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये रोज सेनेटाइज होती है पूरी की पूरी शेप एंड जो वॉशरूम है हाइजीन तो है तो ही बट यहाँ से जो नजारा दिखता है हाँ हाँ क्या बात है कि इतना खूबसूरत दिखता है कि क्या और जैसे मैं वॉशरूम के बाहर आया और देखा कि वेदर पूरा के पूरा खराब हो चुका है ने वो रहते हैं हमारे एंड uh, नीचे पहला है ऊपर दूसरा तो के अंदर, तो अंदर मुंबई टू गोवा मुंबई बहुत सारी ऐसी वहां तक जोड़ने शुरू करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना तो बहुत बारिश आ रहा है और अगर आप देख रहे हो गे ना तो उस साइड के अंदर यहाँ पे एमरजेंसी बोर्ड है जिसके अंदर आ गई है मोटर लगी गई है तो कभी ये टाइटेनिक के भी टकरा जाता है और डूब जाए तो ये बोर्ड हमें काम आई है इसके अंदर तो खुद ही दरिया बता और सच बताऊ तो मैं अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम कोई क्रूज के अंदर बैठा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड ये देखिए क्या नजर है थ्री डिग्री ये उसका एक बहुत ही बड़ा गेट है और आगे ये पूरी गाड़ी है और सामने अभी गेट खुलेगा तो अभी वहाँ से हमें गाड़ी निकालनी हम इस को छोड़ के चले एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था लेकिन ये डेली ट्रेवल करने के लिए नहीं है जो तो अलीबाग में रहते हैं मांडवा में रहते हैं मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा तो ऐसे ही आप इस बोट से निकलोगे ये है उसका लायक बाहर निकलने का रास्ता और ये देखिए समुंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो फाइनली so, हम मांडवा में पहुँच गए ये है मांडवा जो पोर्ट है ये बहुत ही खूबसूरत ये भी बनाया है जैसे कि भाव का भाव का रखा है एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि फेरी के अंदर बहुत मज़ा आया बहुत ही जल्दी से ये ख़त्म हो गई मुंबई ने कभी इससे अच्छी शिप नहीं देखी होगी ट्रैवलिंग जो शिप इसे कहते हैं पैसेंजर शिप बहुत अच्छी है एंड जो उसका ए का कैबिन है वो भी बहुत अच्छा है खाना पीना थोड़ा महंगा है लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वन टाइम आपको ये विजिट करना चाहिए नो कि मैंने ये शिप को सही से शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे बहुत वेदर ख़राब था बरसात आ रही थी जिसकी वजह से मैंने शूट सही से नहीं कर पाया लेकिन जैसा भी किया अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और एक और बात ये पार्ट वन है जिसके अंदर मैंने शिप बताया हूँ पार्ट टू के अंदर जब आप मांडवा उतरते हो तो यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शन है अलीबाग आप कैसे जा सकते हो पूरा कितने सारे बीचेस हैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ तो स्टेट्यून पार्ट टू बहुत ही जलाएगा